हाँ जी नमस्कार दिल्ली वाले कैसे हैं आप लोग दिनांक 28 व उनतीस दिसंबर को मेरा दिल्ली आगमन हो रहा है तो यदि आप लोग भी ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं ये कम हो जाए तो आप लोग हमसे पर्सनली मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हर माह हमारा दिल्ली आगमन रहता है हर माह की भांति इस माह भी 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली आ रहे हैं तो आप लोग भी अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए दीजिए इजाजत मिलते हैं आप लोगों से दिल्ली में तब तक के लिए जय श्री राम